रहमान रहीम आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रमज़ान से मुतक़ यानी रोज़े से मुतिक कि किन चीज़ों की वजह से रोज़ा टूट जाता है और किन चीज़ों की वजह से रोज़ा नहीं टूटता और वो कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से रोज़े में थोड़ी सी कराहत आ जाती है तो आज की इस वीडियो में इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर बातें करेंगे और समझेंगे किन किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है रम़ानमबारक एक मुकद्दस और बाबरकत महीना है रमज़ान शरीफ़ का महीना बड़ी रहमतों का महीना है रहमतों के नज़ुल होने का महीना है बरकतें मौसलधार बारिश की तरह बरसती हैं और इस माह में तमाम शयातीन को क़ैद कर दिया जाता है और हर आमल का अज्र सत्तर गुनाह कर दिया जाता है अल्लाह ताला ने इस उम्मत पर पूरे साल में सिर्फ एक माह रोज़े फ़र्ज किए रोज़े को अरबी जबान में सोम कहते हैं सोम सोम के लोग भी माने हैं रुकने के इसके क्या माने हैं रुकने के और इसको अला में यानी आम बोल चाल में क्या कहते हैं वो कहते हैं जो शख्स रोजे की अहलीत रखता हो वह बनीत इबादत सुबह सारिश से वो सूरज के गरूब होने तक खाना पीना और जमा यानी बीवी से सहबत हम बिस्तरी करना छोड़ दे इसी को ही रोज़ा कहते हैं सोम अब रोज़े की कई किस्में है? एक है फर्ज और एक है वाजिब और एक है नफिल फिर फ़र्ज की भी दो दोस्में फ़र्ज मुन और फ़र्ज गैरमुन तो बहरहाल हम बता ये रहे हैं कि हदीस शरीफ़ में रोज़े का बड़ा सवाब आया और हम लोगों को रोज़ा रखना चाहिए ग्यारह महीने हो गए खाते पीते अब एक महीने भी अगर हम रोज़े नहीं रखेंगे यार डॉक्टर भी हमसे कहता कि एक महीने में रोज़ा रखना ज़रूरी होता है वो जो चीज़ें हमारी काम करती रहती हैं खाती पीती रहती हैं तो क्या है उनको भी ताकत मिलनी चाहिए थोड़ा सा आराम मिलना चाहिए और इससे बताया जाता है कि रोज़ा जो आदमी रखता है जो एक महीने रोज़े रखता है उसे कैंसर भी नहीं होता रोज़ा कैंसर से भी एक बड़ी हिफाजत है तो इसमें बड़ी हमतें भी हैं वो आप लोग डॉक्टर से सुन सकते हैं या माहिर जो और भी किसी शोबे का उससे सुन सकते हैं लेकिन हमें इन सब चीज़ों से कोई नहीं लेना देना इसका कोई हमारा मतलब नहीं है हमारा मतलब ये है कि अल्लाह ने पर रोज़ फ़र्ज़ कर दिए हैं हमें भूखा प्यासा रहना और ये मुबारक का मुकद्दस और बाबरकत ये हमारा महीना चल रहा है हमें इसमें रहमतें बरसने का रहमतें लूटना है किसी हाल में हमें सोचना है कि हम सब बख्श दिए जाए हर कोई बख्श जाए लेकिन हम रह न जाए तो इसलिए मेरे भाई रमजान मुबारक की एक एक लम्हे की हिफाजत करना एक एक इसके घड़े की हिफाजत करना और ये मुबारक का महीना बहुत अहम महीना है इस महीने को आम महीनों की तरह बिल्कुल भी नहीं समझना है बल्कि इसको अलग हट के और बताना है और ये समझ अपनी ज़िंदगी काटना है कि यह रमज़ान हमारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान है तो मेरे भाई इस तरीके से ये रमज़ान हमें आखिरी रमज़ान समझकर गुजारना है इन्हीं सब बातों से मुतल जो आजकल हमारी आवाम है जो हमारे इंसान हैं जो मुसलमान भाई हैं उनको बहुत सी चीज़ों का नहीं पता होता तो वो क्या है जाने अनजाने में हमें नहीं पता होता लेकिन अगर हम इन सब चीज़ों को जान लें तो ही कितना अच्छा है तो यही चीज़ हमें सीखना था अभी हम बतला रहे थे कि रोज़े की कई किस्में हैं, रोज़े की कई कईमें एक तो फर्ज़ है दूसरा वाजिब है और एक नफिल है और फिर फ़र्ज की भी दोस्में हैं एक है फर्ज मुन दूसरा है फ़र्ज गैरमुान रमजान शरीफ के जो रोज़े हैं इसे फ़र्ज मुन कहा जाता है समझ लें खूब अच्छी तरह कफ़ारा और रमज़ान की क़ा के रोज़े फ़र्ज गैरमुान कहे जाते हैं समझ गए रम़ान शरीफ के जो रोज़े हैं फर्ज़े मुन कहलाते हैं और जो कफ़ारा है और रमज़ान की कज़ा के जो रोज़े फर्ज़े गैर ग़ैरमुन कहलाते हैं अब रमज़ान के अलावा अगर कोई शख्स किसी दिन रोज़ा रखने की नज़र मांग ले कुछ मन्नत मांग ले तो वो रोज़ा अब वाजिब हो जाता वाजिब कहलाता है बग़ैर नज़र मांगे रमज़ान रोज़े की कज़ा के अलावा जो रोज़ा रखा जाता है वो नफली रोज़ा कहलाता है समझ में आ गई बात अब इसके आगे हम अपनी बात की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि हर इंसान पर लाजिम और ज़रूरी है कि वो इतना इल्म जरूर सीखे कि उसको हलाल और हराम का पता हो। चूँकि ये रमज़ान का माह ये रमज़ान का महीना और इस माह में आमून रोज़े के मसाइल से वस्ता होना पड़ता है वास्ता पड़ता है इसलिए रोज़े के जो पेचीदा पेचीदा मसाइल हैं मैं उनको आप लोगों के सामने रखता हूँ क्योंकि आवामनास में कुछ गलत कस्म के मसाइल भी मशहूर होते हैं जैसे तेल सरमा इंजेक्शन लगवाने से वो कहते हैं रोज़ा टूट जाता है या बाज़ लोगों को मसाइल का इल्म तो होता है लेकिन मसाइल अच्छी तरह जहन नशी नहीं होते गोया 11 महीने का वक्फ़ा निस्यान को लाजिम करने के लिए काफ़ी है तो भूल जाते हैं हम लेकिन हमें अब समझना है रोज़े के चंद मसाइल आप लोगों के सामने सबसे पहली चीज़ रोज़े की वो सूरतें जिनसे रोज़ा नहीं टूटता और ना ही मकलू होता है और ना ही सवाब में कुछ कमी आती है तो पहली चीज़ है आँखों में दवा और सुरमा लगाना या तेल लगाना या काजल लगाना इनसे रोज़ा नहीं टूटता फिर दूसरी चीज़ है पूरे जिस्म पर तेल की मालिश करना इससे भी रोज़ा नहीं टूटता अब जो तीसरी चीज़ है वो ये खाविंद के सख्त होने की बिना पर सालन में नमक वगैरह चख लेना सालन से इससे रोज़ा नहीं टूटता समझ में आ रही है मिसवाक करना चाहे वो ताज़ी लकड़ी हो या बासी लकड़ी हो कैसी भी लकड़ी हो उससे भी रोज़े में कोई फ़र्क़ नहीं आता किसी किस्म की खुशबू सूंघना इससे भी कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता रोज़े में सोते हुए अहताम हो जाना जिसे हम बोलते हैं मनी निकल जाना वो उससे भी हमारा रोज़ा नहीं टूटता अब है हलब में बग़ैर इख्तियार के धुआँ मक्खी वगैरह का चला जाना हमने तो अपनी तरफ से कोई भी कोशिश नहीं करी थी बस हम रास्ते से निकल रहे थे और हलक धुएँ में हलक हलक में थोड़ा सा धुआं चला गया या मक्खी चली गई धोखे में इससे रोज़ा आपका नहीं टूटा फिर इसी तरीके से आगे और भी चीज़ हैं बीवी से बोसा करना यानी उससे वो चूमना और उससे लिपटना और उससे क्या करते मिलना जुलना बशरत के सहबत का अंदेशा ना हो अगर सहबत का अंदेशा हो जाए ख़तरा है तो फिर मेरे भाई फिर रोज़ा टूट जाएगा भूल कर खाना पीना या अपनी बीवी से सुहबत या हम मिस्त्री करना उसके पास लेटना और जमा करना इससे भी क्या होता है रोज़ा नहीं टूटता लेकिन रोज़ा जब टूटेगा जब आपको इंजाल होने का खतरा है या आपकी मनी निकलने का खतरा है अगर ये हालत आपकी हो जाती है लेटने लपेटने में या सुहबत या हम मिस्त्री करने में तो फिर याद रखना आपका यह रोज़ा टूट जाता है इसी तरीके से नक्सीर का फूटना इससे रोज़े में कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसी तरीके से जिसम के किसी भी हिस्से से खून या पीप या कुछ भी निकलना इससे रोज़ा नहीं टूटता खुद ब खुद उल्टी हो जाना इससे भी रोज़ा नहीं टूटता अच्छा उल्टी होना या अगर आपने जानबूझकर उल्टी कर दिए तो फिर याद रखना आपका रोज़ा टूट जाएगा मज़े और वदी का निकलना इससे भी रोज़ा नहीं टूटता दौरान हमल किसी औरत को खून का आ जाना क्योंकि ये हैज़ नहीं है तो इसलिए मेरे भाई इससे भी रोज़ा नहीं टूटता किसी जहरीले जानवर मसलन सांप और बिच्छू का डस लेना उसका काटना इससे भी रोज़ा नहीं टूटता कोई फ़र्क नहीं पड़ता दांत का निकलवाना बशर्ते के खून हलक के अंदर ना जाए आपने दांत निकलवाया और उसका खून हलक के अंदर चला गया तो फिर याद रखना कि आपका रोज़ा टूट जाएगा अगर हलक के अंदर खून नहीं गया तो रोज़ा नहीं टूटेगा इसी तरीके से बंदूक की गोली या नेज़े वगैरह का लगना जो छुरी और चाकू का लगना बशर्ते कि बंदूक की गोली पेट में ना गई हो अगर पेट में चली गई है बंदूक की गोली तो फिर रोज़ा टूट जाएगा वैसे ये हालत जो है हम लोगों के सामने आती नहीं है कोई हम लोग लड़ रहे थोड़ी नज़ारा रोज़ा रख के तो इस तरीके से पानी में गोता लगाना यानि नदी या और भी किसी भी किस्म की कोई भी चीज़ उसमें तैरना कुछ भी करना इससे रोज़ा नहीं टूटता जब तक कि आप वो पानी पी नहीं लेते इसी तरीके से दांतों से मामूली मकदार में खून का निकलना इससे रोज़ा नहीं टूटता इसी तरीके से ठंडक के लिए गसल करना या सर्द होना बहुत से लोग होते हैं गर्मी का मौसम है तो वो पता ही नहीं बैठ जाते हैं तो ये चीज़ ना करें एक बार अगर नहा लिया है तो फिर ठीक है थोड़ा सा आराम ले लिया है अपने सर को थोड़ा सा ठंडा कर लिया जिसम को यही बार बार उसमें हर वक्त रहना टप या बाल्टी ले हर वक्त बैठे रहना पूरे दिन इसी तरीके से काटना लेट बैठ के काटना इससे भी रोज़े में थोड़ी सी कराहत आ जाती रोज़ा तो नहीं टूटता इसी तरीके से ज़रूरत की वजह से किसी को अपना खून देना इससे भी रोज़ा नहीं टूटता बच्चे को दूध पिलाना इससे भी रोज़ा नहीं टूटता अपना थूक निकल लेना बशरते के मुँह में थूक जमा करें अगर आपने मुँह में थूक जमा करा और फिर आप अगर अगर थूक को निकल गए तो फिर याद रखना इस हालत में आपका रोज़ा टूट जाएगा लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है थूक आया और आपने निगल लिया तो फिर मेरे भाई रोज़ा नहीं टूटता अगर आपने थूक को इकट्ठा जमा कर लिया फिर निकला तो रोज़ा टूट जाता है बात को याद रखना समझ लेना खूब अच्छी तरीके से ज़रूरत की वजह से खून लगवाना या खून कुछ भी हो सकता है तो इससे रोज़ा नहीं टूटता औरतों का होठों पर सुरखी लगाना बशरते के मुँह के अंदर न जाए जो औरतें होती हैं वो होठों पर उनके हॉन्ड फट रहे होते हैं तो वो खुश होने की वजह से लिपस्टिक लगाती कुछ भी लगाती बैसलिन लगाती हैं तो मेरा भाई वो मुंह के अंदर ना जाए अगर मुंह के अंदर नहीं जाती तो हमारा रोज़ा नहीं टूटता अगर वो चली गई तो फिर रोज़ा टूट जाएगा इसी इसी तरीके से मेरा भाई दांत निकलवाते वक्त मुँह में टीका लगाना बशरते के दवाई मुँह के अंदर न जाए याद रखना दवाई अगर मुँह के अंदर चली गई तो रोज़ा टूट गया दांत दर्द की सूरत में दांत पर दवाई लगाना बशरते के दवाई मुँह में ना जाए अगर दवाई मुंह में चली गई तो रोज़ा टूट जाएगा कुल्ली करने के बावजूद पान सिगरेट के निशान ना उतरें और ना पान की सर्खी जाए तो याद रखना अगर आपने कुछ भी खाया पिया है या कुछ आपने सहरी के टाइम पे आपने पान वगैरह खाया था और या फिर बीड़ी या सिगरेट पी थी उसके कुछ निशान रह जाएं तो उससे उससे रोज़ा हमारा नहीं टूटता लेकिन अगर आपने रोज़े की हालत में इन सब चीज़ों को करा तो याद रखना आपका रोज़ा टूट जाएगा अब ये वो चीज़ हमने बदला दी जिनसे क्या होता रोज़ा नहीं टूटता अब हम वो चीज़ें बतलाने जा रहे हैं जिनसे रोज़ा नहीं टूटता लेकिन रोज़े में थोड़ी सी कराहत ज़रूर आ जाती कमी हो जाती है स्वबाब में थोड़ी सी कमी हो जाती है तो समझने की खूब अच्छी तरह कोशिश करें नंबर एक गोंद या इस कस्म की कोई चीज़ चिबाना इससे क्या होता रोज़ा मकरू हो जाता है लेकिन रोज़ा नहीं टूटता बिला वजह मत चिबाएँ इसी तरीके से कोई खाने वगैरह की चीज़ मुंह में डाले रखे और उसके ज़रात हलक में ना जाएँ अगर हलक के अंदर चले गए तो याद रखना हमारा रोज़ा टूट जाएगा और अगर हम बिला वजे ऐसे ही चिबाने के लिए मुंह में रखे हुए हैं मुंह में रखे हुए हैं तो याद रखना रोज़ा मकरू हो जाता इसी तरीके से शहद या तेल को ख़रीदते वक्त चखना बशरते के हलक में ना जाए आपने शहद ख़रीदने जा रहे होंगे या तेल लेने जा रहे होंगे इसको ज़रा सा उंगली में चखा तो याद रखना इससे हमारा रोज़ा तो नहीं टूटा लेकिन जो है ऐसा करना मकरू है थोड़ा सा फिर इसी तरीके से बग़ैर किसी उज़्र के बच्चे को खाना छिबा कर देना ये भी मकरू है अपने मुँह में बहुत सा थूक जमा करके निकल जाना याद रखना इससे रोज़ा टूट जाता है लेकिन बहुत सा थूक जमा ना करें याद रखें इससे अगर हम जमा करते रहेंगे करते रहेंगे तो फिर याद रखना ये इससे रोज़े में थोड़ी सी कराहत आ जाती है इसी तरीके से पानी के हौज़ या तालाब वगैरह में रीह का शादर करना इससे भी क्या होता रोज़ा मकरू हो जाता अपनी बीवी का बोसा लेना यानी उसका कुछ भी हिस्सा चूमना या उससे लिपटना बशरते जिम्ह या इंजाल का अंदेशा हो अगर आपकी मनी निकलने का खतरा है तो याद रखना आपका रोज़ा टूट जाएगा और ऐसा कुछ नहीं है लेकिन बिला बजे फिर भी हम भी कर रहे हैं ऐसा रोज़े की हालत में तो याद रखना रोज़े में कमी आ जाती है रोज़ा जो है थोड़ा सा मकरू हो जाता है ऐसा काम करें आपके पास रात है रात में ये सब कुछ भी कर सकते हैं इसी तरीके से तबीन में लिखा है कि रोज़े की हालत में हर सूरत में होठों को चूसना मकरू है हवा इंसार का खतरा हो या ना हो समझ में आ रही बात आपने बीबी के होंठों को शुमा आपको चाहे इंजाल हो आपकी मनी निकले या ना निकले लेकिन ऐसा करना मकरू है मुसाफिर अगर कमज़ोरी का खतरा हो तो उसका रोज़ा रखना मकरू है अब इसी तरीके से टूथ पेस्ट का इस्तेमाल करना बसते के हल के अंदर ना जाए इसी तरीके से जो हम ब्रश करते हैं वो भी करना रोज़े की हालत में क्या है मकरू है बद नजरी करना ये भी मकरू है बद नजरी करने से तो बाद का है कि रोज़ा टूट जाता है बाज़ल के नज़दीक इसलिए मेरे भाई बद से बचना है इसी तरीके से रोज़े की हालत में शरमगा से खेलना बशरते इंजाल ना हो अगर इंजाल हो गया मनी निकल गई तो याद रखना रोज़ा में टूट गया मर्द का अपनी शर्मगा औरत की शरमगा से लगाना खुद दहूले दहूल ना हो शर्मगा से लगाना बशरत के उसके अंदर ल ना हो अगर दहूल है तो फिर याद रखना हमारा रोज़ा टूट गया लेकिन ये सब काम करना मकरू है किसी को गाली देना गबत करना किसी की ये सब क्या है इससे रोज़ा टूट जाता है बाज़लम के नज़दीक में लेकिन क्या है मकरू है आदमी को इस सब, सब सब चीज़ों से रुकना चाहिए इसी तरीके से रोज़े से तंग आकर घबराहट जाहिर करना कि रोज़ा कब खुलेगा कब खुलेगा परेशान है याद रखना इससे भी रोज़ा मकलू हो जाता है जनाबत के गसल में जान बूझ कर करना आप नापाक थे आपने हम बिस्तरी करी होगी बी से ये किसी भी टाइम में और जानबूझकर आप रुके हुए हैं कि अब नहा लेंगे अब नहाँ अब नहाँ ऐसा करना भी मकररू है अब ये वो चीज़ें हमने बता दी जिनसे रोज़ा मकरू होता अब हम वो बता रहे हैं वो सूरतें जिनसे रोज़ा टूट जाता है लेकिन उससे सिर्फ़ कज़ा वाजिब होती है कफ़ारा लाजि नहीं आता खूब समझ लें अच्छी तरह देखें क़़ा तो फिर क़़ा होती है कफ़ारा लाजिम नहीं होता कफ़ारा वो चीज़ है जैसे अगर आपने एक रोज़ा नहीं रखा तो आपको इस रोज़े के बदले बाद में एक आदमी को खाना खिलाना है या एक ग़ुलाम आज़ाद करना या इसको कफारा कहते हैं पूरे दिन का खाना खिलाना कज़ा तो आप समझते ही हैं कोई चीज़ अगर हमारी छूट गई है तो वो कज़ा हो जाती है उसका बाद में अदा करना कज़ा कहलाता है तो इस तरीके से हम बदला रहे हैं वो सूरतें जिनसे रोज़ा टूट जाता है लेकिन उससे सिर्फ़ क़़ा वाजिब होती है कप्पारा लाजिम नहीं आता है बीवी से बोसा व किनार की सूरत में इंजाल का होना इसकी इससे हमारा रोज़ा टूट जाता है याद रखना खूब हमें कोई कफारा अपारा से नहीं लेना देना लेकिन हमारा क्या है इससे रोज़ा टूट जाता ऐसा काम न करें कंकरी गुठली कागज़ के टुकड़े को जान बूझ हलक से नीचे निगल लेना रोज़ा टूट जाता कान में दवाई या तेल डालना रोज़ा टूट जाता रोज़े की हालत में इन्हीलर पम्प या दमा के लिए इस्तेमाल करना जो आता होगा कुछ मुझे नहीं पता उसका इस्तेमाल करना भी रोज़ा टूट जाता है दांत निकलवाना और खून का हलक में चला जाना रोजा टूट जाता है आंसू और पसीने के कतरों को निगल जाना यानी हलक से नीचे उतार लेना मुंह के अंदर इससे रोज़ा टूट जाता हाथ से मनी निकालना इससे याद रखना खूब रोज़ा टूट जाता हैंड प्रैक्टिस करने से प्लीज़ मेरे भाई इन कामों से बचें अपने आप को बचाएँ खूब बचाएँ मेरे भाई जिन लोगों की आदतें हैं मेरे भाई याद रखो रब से दुआ करो और इन सब चीज़ों को छोड़ने की कोशिश करो व रब आपको हिम्मत देगा और ये सब काम आपके छूट जाएंगे इसलिए मेरे भाई इसमें कोई घबराने की बात नहीं है लेकिन अगर आप इस तरीके से रोज़े की हालत में भी अगर ये काम कर रहे हैं मेरे भाई बहुत ख़तरनाक गुनाह कर रहे हैं इसलिए मेरा भाई इससे रोज़ा तो टूटता ही टूटता है लेकिन याद रखना हम अपने आप को कितना बर्बाद कर रहे हैं ये भी खूब समझ लेना इसलिए मेरा भाई बात बदला देता हूँ लेकिन बहरहाल हमारा जो अभी जो टॉपिक है वो ये है मसल मसाज इसी तरीके से किसी मजबूरी की वजह से रोज़ा अफ्तार करना इससे भी हमारा रोज़ा टूट जाता है सा और सांस के जरिए दवाई को नाक के रास्ते खींचना सांस के जरिए दवाई को नाक के रास्ते से खींचना इससे भी हमारा क्या होता है रोजा टूट जाता है धुएं को जान अंदर ले जाना हलक के अंदर रोज़ा टूट जाता है जान बूझ कर, भर करके कया करना यानी उल्टी करना इससे भी क्या रोज़ा टूट जाता है गए आई और जानबूझकर उसको हलक में ले जाना ये भी क्या होता है रोज़ा इससे हमारा टूट जाता है अब याद रखना वज़ू करते वक्त या वैसे ही कुल्ली करते वक्त पानी का बग़ैर इरादे मुंह के अंदर चले जाना बशरत के रोज़ा याद हो अगर आपको पता है कि हमारा रोज़ा है आपने फिर भी पानी पी लिया वजू करते टाइम या कुल्ली करते टाइम तो फिर याद रखना आपका रोज़ा टूट गया और अगर आपको नहीं पता था आप जैसे वजू करते थे हर हर रोज़ की तरह गैर रमज़ान में आपने ऐसी कर लिया तो याद रखना भूले भटके में आपका रोज़ा नहीं टूटेगा लेकिन अगर जानबूझकर ऐसा करा तो रोज़ा टूट जाएगा और आगे बात है क्या कहते हैं ऐसे ही कुछ क्या कहते हैं भूल कर कुछ खा पी लिया ये समझा कि रोज़ा टूट गया फिर जान खा ले तो रोज़ा फासद होगा और सिर्फ कज़ा होगी याद रखना एक यहाँ पर एक मसला है वो ये है कि हम भूल गए हमें रोज़ा ही नहीं याद था और हमने कुछ खा पी लिया और अब हम ये समझे कि हमारा रोज़ा टूट गया लेकिन ऐसा नहीं है अगर भूले में कुछ हमने खा पी लिया तो हमारा रोज़ा नहीं टूटा लेकिन अगर हमने ये समझ लिया कि अब हमारा रोज़ा टूट गया है फिर हमने सोचा अब तो खा ही ले पेट भर के तो याद रखना रोज़ा आपका फासद होगा और सिर्फ क़़ा होगी कफ़ारा इसका नहीं देना होगा इसी तरीके से इस तरह अगर कोई शख्स ये समझे कि एहतराम से रोज़ा टूट जाता है फिर वो जान कुछ खाए तो याद रखना ऐसी गलती भी ना करें अहतलाम हो जाए अगर अपने आप तो याद रखना इससे हमारा रोज़ा नहीं टूटा और अगर आप समझे कि हमारा रोज़ा टूट गया है जानबूझकर पहली बात तो हमने मसले मसाले बता दिए हैं कि इससे रोज़ा नहीं टूटता कोई घबराने की बात नहीं है इसी तरीके से मुंह के अंदर कोई चीज़ पहले से थी और वो चने के दाने के बराबर या इससे कम थी फिर भी वो निकल लिया तो रोज़ा फासद नहीं होगा अगर मुँह से बाहर निकाल कर फिर निकल गया तो रोज़ा फासद होगा देखें एक यहाँ पर एक मसला है हम लोग शहरी करते हैं गोश्त खाते हैं या चना खाते हैं उसका कुछ हिलक जाता है तो वो बता रहे चने के दने के दाने के बराबर अगर वो कोई चीज़ है हलक में अगर आपने उसको ऐसे ही निकल लिया तो आपका रोज़ा नहीं टूटा या आपका रोज़ा फासद नहीं हुआ अगर आपने उसको मुँह से बाहर निकाला फिर देखा फिर अगर हलक से निकल लिया तो याद रखना आपका रोज़ा फासद हो गया इसी तरीके से दाँतों में से निकले खून को निकल जाना बशरते के खून थूक से ज़्यादा हो दांतों से दांतों में से निकले खून को निकल जाना बशरत कि खून थूक से ज़्यादा हो अगर खून जो है थूक से ज़्यादा हो और अगर आप निकल गए तो फिर याद रखना आपका रोज़ा टूट गया फिर इसी तरीके से ये समझा कि सुबह सादिक नहीं हुई फिर कुछ खा पी लिया बाद में मालूम हुआ कि सुबह सादिक हो गई तो याद रखना इससे रोज़ा आपका टूट गया ये समझा कि रूब आफ्ताब हो गया बाद में पता चला कि सूरज रूब नहीं हुआ तो इससे रोज़ा टूट जाता फिर इसी तरीके से अपने हाथों को हाथ में लेकर फिर निकल जाना अपने थूक को हाथ में लेकर फिर निकल जाना सॉरी मैं बतलाना ये चाह रहा था कि अपने हाथों अपने थूक को हाथ में रखकर फिर निकल जाना पहली बात तो ऐसी कोई गलती करता नहीं घिनौनी हरकत लेकिन अगर कोई कर भी दे तो याद रखना रोज़ा टूट जाता किसी ऐसी तेज़ दवा को सूंघना जिसकी तेज़ी दिमाग तक पहुँच जाए इससे भी रोज़ा टूट जाता अब हमने बतला दी वो सब चीज़ें अब कुछ और चीज़ें हैं वो सूरतें हैं जिन में कफारा और क़़ा दोनों लाजिम होती हैं जानबूझकर रोज़े की हालत में कोई ऐसी चीज़ खा पी लेना जिससे इंसान को नफ़ा मकसूद हो और उससे इंसान की तबीयत नफरत ना करती हो आम तौर पर उसको इंसानी नफ़े के लिए इस्तेमाल भी किया जाता हो मसला रोटी पानी वगैरह दवाई ऐसी चीज़ कोईदा खा लेने से क़़ा और गफ़ारा दोनों लाजिम होते हैं इसका अदा करना पड़ेगा बाद में आपको गफ़ारा भी और क़़ा भी और जैसे कि सिगरेट नोशी है सिगरेट पीना है जान बूझ कर रोज़े की हालत में जमा करना है तो याद रखना ये दो चीज़ें अब एक गलत फ़हमी का इज़ाला है यहाँ पर आमतौर पर देखने में यह आया कि अजान के होते हुए भी बाद लोग शहरी करने में मसरूफ़ रहते हैं और वो ये समझते हैं कि शहरी का वक्त अजान खत्म होने तक है हालाँकि ऐसा नहीं है बल्कि शहरी का वक्त तलुए सुबह सादक रहता है और सुबह की अजान सुबह सादक के बाद दी जाती है लिहाजा अजान उस वक्त होती है जब जो के सुबह सादिक का वक्त है ना सहरी खाने का इसलिए मेरी उन लोगों से गुजारिश है कि मेरे भाई जब अजान हो वहाँ तक ना रुकें बल्कि जो हमारा सहरी का टाइम ख़त्म होने का वहाँ तक ही मेरे भाई अपने आप को महदूद रखें आगे ना बढ़ाएं और याद रखें एक और मेरी गुजारिश है उन लोगों से जो क्या कहते हैं फजील में अजान देते हैं तो मेरे भाई शहरी के टाइम के पाँच मिनट बाद दें शहरी का टाइम अगर आज पाँच चार चार सैंतालीस पर ख़त्म हो रहा है तो फिर याद रखना फिर हमें चार चौवन पे अजान देना पाँच मिनट या, दे, या तीन चार मिनट का तो वक्फ़र रखें ये गुजारिश है हमारी ये थे हमने मसले मसाइल बता दिए आप लोगों को समझ लेना चाहिए कि हम क्या काम करते थे और किन से हमें बचना चाहिए ये आज के हमारे मसले मसाइल थे अल्लाह ताली से दुआ करो के अल्लाह ताली हम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमन करने की तोफ़ी अदा फरमाएँ और रमज़ान मुबारक की एक एक लमहे की हफाज़त करने वाला बनाए आमिर